जय हिंद जय भारत हेलो दोस्तों आज हम नया टॉपिक एक लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र भी कहते हैं अर्थशास्त्र और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी एडम स्मिथ हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के फादर ऑफ तो है इंडियन इकोनॉमी ये क्या अब क्या आता है कि अपना अर्थशास्त्र है क्या अर्थशास्त्र अगर आपने सुना अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है ही नहीं अगर एक्चुअली में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र धन तथा सॉरी थोड़े बीच में दिक्कत आ गई थी इसलिए ये दोबारा हो रहा है धन तथा धन धन से संबंधित संबंधित वैसे धन का देने धन से संबंधित या धन से संबंधित वस्तुओं के उपयोग का अध्ययन ये उपयोग का अध्ययन मेनली इसमें आ जाता है उपयोग से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उपयोग नाम नहीं आता है तो इसका कोई मतलब नहीं ना इकोनॉमिक्स का ना ही अर्थशास्त्र का इनका कोई मैटर नहीं करता है किसी चीज़ के लिए उसके बाद फिर ये उपयोग होता है तो उपयोग किसी न किसी सेक्टर में होता है सेक्टर यानी क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में किसी किस चीज़ का उपयोग होता है उस तो सेक्टर में बांटना बहुत ज़रूरी होता है सेक्टर क्या है कि या तो धन का उपयोग है उपयोग या तो किसी सेक्टर में होगा या धन कहीं से आएगा तो किसी सेक्टर से आएगा उपयोग होगा तो भी किसी सेक्टर में होगा और सेक्टर के लिए बताते हैं आगे कि सेक्टर कौन कौन से है आते हैं इसमें अर्थशास्त्र में सेक्टर आते हैं सेक्टर है ये तीन सेक्टर सेक्टर हम क्षेत्र भी बोलते हैं और इसमें आ गया एक हो गया स्वरूप स्वरूप मतलब उस सेक्टर का जहाँ से धन आ रहा है या वो सेक्टर का नेचर क्या है उसका स्वरूप क्या है दूसरा होता है उसके लिए शर्त के आधार पर उसको मतलब इनके आगे भी इनको डिवाइड करेंगे शर्त क्या है इसमें जैसे किसी में शर्त कुछ होती है किसी जैसे प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की होती है उनके सेक्टर के अलग अलग शर्तें होती है स्वामी तो उनका ऑनरशिप किसके पास है कौन है ऑनर सर सरकारी है प्राइवेट है इनके सबको आगे हम अब आता है, हम पहले इसको लेके चलेंगे स्वरूप या नेचर को इसके लिए हम नेचर को और स्वरूप के आधार पर इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र जिसे टर्सरी सेक्टर बोलते हैं जब इंडिया इंडिया को आज़ादी मिली थी उस टाइम फर्स्ट पंच प्रथम पंचवर्ष योजना में प्राथमिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था बाद में 1991 नाइन्टी वन तक है, इसमें द्वितीय क्षेत्र पर ज़्यादा दौर जोर दिया गया उसके बाद में सेवा क्षेत्र या तरतीय क्षेत्र इसको सेवा क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस है ये सेवा क्षेत्र ठीक है दोस्तों अब दोस्तों इनमें मेन ये होता है कि अगर ये तीन है तो इनमें क्या होता है प्राइमरी सेक्टर क्या सेकेंडरी होता क्या है प्राथमिक क्षेत्र क्या है इसके लिए हम पहले मेन टॉपिक लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर हम यहाँ पर आते हैं प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर क्या होता है प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो ज़्यादातर प्रकृति पर डिपेंड करता है ज़्यादातर प्रकृति पर डिपेंड करता है और उससे पहले वो कोई भी वस्तु होती है वो किसी भी अवस्था में नहीं होती जो भी नई चीज़ आती है वो सबसे पहले प्राथमिक अवस्था में ही होती है जो प्रकृति से रिलेटेड होती है जिस पर किसी इंसान का कोई बस नहीं चलता है नथिंग जैसे कर्सी है कर्सी कैसे होगी बारिश होगी नहीं होगी उसमें रोग आ जाते हैं वो इंसान के बस में नहीं होता है उस पर सिर्फ प्रकृति का बस चलता है कृषि में कुछ भी मान लो गाजर है सब्जियां उगाना धान हो गया गेहूं हो गया कपास है इन पे किसका इंसान का बस नहीं चलता और ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं इससे पहले कुछ नहीं होता और जैसे पशुपालन हो गया पशुपालन प्राइमरी सेक्टर में आता है ये स्थिति क्या आती है प्राइमरी सेक्टर में आती है उसके बाद हो जाता है सेकेंड्री सेकेंडरी में क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर द्वित द्वितीय क्षेत्र हो गया इसमें क्या होता है इसमें होता है जो प्राथमिक सेक्टर से जो भी सामान जाते हैं अगर तो उसको कुछ सामान्य ऐसे होते हैं जो प्राथमिक सेक्टर में ही से ही सीधे काम में आ जाते हैं कुछ सामान्य ऐसे जो होते हैं जो प्राथमिक सेक्टर से सीधा काम में नहीं आते जैसे सब्जी हो गई प्राथमिक सेक्टर से सीधा सेवा क्षेत्र में जाती है या किसी अपने खेत की जैसी सब्जी है तो वो घर में ही काम में आ जाती है उसीधा आ जाती है और जैसे गाय का दूध हो गया घर में गाय का दूध निकाला और घर में काम में नहीं वो क्या होता है प्राथमिक सेक्टर अब द्वितीय या सेकेंडरी सेक्टर में आता है निर्माण और विनिर्माण से संबंधित विनिर्माण निर्माण और विनिर्माण से संबंधित होता है निर्माण मतलब तो किसी चीज़ को बनाना या बनाई हुई किसी चीज़ सो मान लो खराब हो गई ये कुछ भी है टू जैड या फिर एक सेक्टर से बनी वो उसको अगर दोबारा आगे और बनाना है उसको क्या होता है विनिर्माण जैसे गेहूं आई द्वितीय सेक्टर में और उसका बन गया ब्रेड नहीं उसका आटा बन गया आटा बन गया वो निर्माण हो गया और आटा फिर दूसरे सेक्टर में आगे जाके उसका ब्रेड बन गया इस टाइप से चलता रहता है ये सब आता है सेकेंडरी सेक्टर में या द्वितीयक सेक्टर में आता है जिसमें मेन होता है निर्माण और विनिर्माण प्राथमिक सेक्टर में क्या है कि बेनिफिट बहुत ही कम है और लागत भी ऐसे कम ही है कहीं ज़्यादा बाकी इतनी ज़्यादा लागत नहीं सेकेंडरी सेक्टर में क्या है उद्योगधन दे आते हैं उद्योग धंधों के लिए ज़्यादा ज़मीन सही होती है पानी सही होती है जैसे बड़े बड़े उद्योगों को निकासी के लिए गंदे पानी के लिए भी जगह सही होती है मजदूर ज़्यादा लगते हैं ये इसकी कमियाँ है, इसके बेनिफिट काफ़ी टाइम लगता है इसको आने में बाकी प्राइमरी प्रा, प्राम, सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी हिसाब से काफ़ी अच्छा है बाकी प्रदूषण वगैरह ये थोड़ा अलग मेटर होता है इसके विकास में ये तो होगा ही इसके लिए सरकार भी नई नई चला रही है जैसे पेड़ पौधे लगाना ये वो सी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं ये सब कुछ उद्योग धंधे से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है अब मेन अपना टॉपिक रह गया सेवा क्षेत्र इसको सेक्टर या तृतीय या फिर सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं सेवा क्षेत्र सेवा वो नहीं होती जैसे अपने इंडियन क्या कल्चर में क्या होता है घरों में माता पिता की सेवा करना दादा दादी दा की वो सेवा नहीं होती बीवी के पैर दबाना वो सेवा नहीं है इसमें ये सेवा होती है किसी से पैसे लेके और उसके बदले उसको सेवा देना कुछ सामान नहीं देना बल्कि सेवा देना अब जैसे आप एक हॉस्पिटल में जाते हो आप हॉस्पिटल में गए आपने डॉक्टर को पैसे दिए डॉक्टर ने आपका क्या कर दिया चेकअप कर दिया हम्म, डॉक्टर ने आपका चेकअप कर दिया चेकअप किया तो उसने आपको दिया नहीं ना कुछ तो वो क्या आता है सेवा क्षेत्र में अगर आप कुछ उसके बदले सामान देते हैं ये तो मान लो वो भी आपको अगर उसने आप अभी ज़्यादा सोचोगे अगर आपको उसने मेडिसिन दिया तो वो क्या है? एक प्रकार की आपको सेवा दे रहा है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को ऐसे किसी भी प्रकार की क्या होती जो भी पैसे लेके आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए जो भी कुछ भी होता है वो सारा सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या आती है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है सेवा क्षेत्र क्योंकि सेवा क्षेत्र किसी सिटी में होगा हॉस्पिटल बनाएगा किसी सिटी में बनाएगा गांव में हॉस्पिटल खेतों में हॉस्पिटल बनाए क्या करेगा तो सिटी में अब हॉस्पिटल बनाएगा उसके लिए दो चार पाँच मंजिल बिल्डिंग चाहिए उसके बाद उसमें वेंटिलेटर वगैरह आइए वो गैस ये के लिए इतनी इतना हद से ज़्यादा खर्च आता है इसमें बाकी रिटर्न भी प्रॉफिट भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है रोज़गार काफ़ी बंदों को मिलता है और जिनको रोज़गार मिलता है उनके लिए सैलरी इसमें ज़्यादा रहती है प्राथमिक क्षेत्र है जैसे खेत है एक उसमें बंदे बहुत ज़्यादा लगते हैं या दस बी खेत है अकेला बंदा नहीं कर सकता उसमें चार पाँच बंदे चाहिए चार बंद उनके भी अगर कोई किसी को ले भी आते हैं उनको क्या सैलरी मिलेगा तीन सौ दिन का यही मिलेगा बस इसमें क्या होता है इसमें सैलरी अच्छी होती है और लाइफ होती है वो इसमें अच्छी होती है और सेकंड में क्या है उसमें बंदे जैसे द्वितीय क्षेत्र में बंदे सबसे ज़्यादा लेते हैं वर्कर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें प्रॉफिट होता है तो वो बहुत ही कम रहता है और तृतीय क्षेत्र में इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसलिए नाइनटीन के बाद सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उस एजुकेशन क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी सॉरी कई बार हो जाता है ऐसा उसके अंदर सेवा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और आज इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है अब यहाँ पर जो आपको दिखाया था स्वरूप इसके बाद क्या अब एक कनेक्शन होता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर एक कनेक्शन होता है जैसे आपके खेत में कुछ भी देख सो चना बोलिया चना जाएगा यहाँ से उद्योग में दाल बनने के लिए यह उद्योग धन जो भी मान लें उसमें जाएगा अब चना जहाँ उत्पादन कर रहते हैं वो प्राथमिक किया प्राइमरी सेक्टर हो गया और उद्योग क्या है ये प्राइमरी सेक्टर हो गया ये सेकेंड द्वितीय किया सेकेंड सेक्टर हो गया इसके बीच जो यहाँ से यहाँ ले जाने का जो सफ़र है आप सिर पे लाद के ले जाओगे बेलगाड़ी से ले कर जाओगे बाइक से स्कूटी से ट्रेन से वाइजाज से कुछ भी चीज़ से ट्रैक्टर ट्रॉली से कैसे भी ले के जाओगे वो सारा आता है टर्सरी या तत्क या सेवा क्षेत्र के अंदर आता है तो इनका तीनों का एक सबसे ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है और सारी इकोनॉमी इसी के इधर उधग इसलिए जो भी सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के जो भी किसी चीज़ की जो भी सेक्टर है वो सारे इन तीनों के अंदर रहते हैं इनके अलावा वो कोई भी सेक्टर तो है कमेंट होता और हो ना बाकी कोई भी सेक्टर इनके अलावा नहीं होता जितने जितने भी सेक्टर होते हैं टोटल आप इकोनॉमी कोई भी चीज़ देख लो जितनी उपज है या किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है या जमीन से कोई चीज़ निकल जैसे खनन है जमीन से चीज़ निकल रही है प्रकृति की जो है वो आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे कोयला निकाला तो प्राइम कोयला निकाल के बिजली घर में गया वहाँ बिजली बढ़ती है निर्माण होता है वो एक उद्योग है तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं आगे इसके बारे में जब कल बताएँगे या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें इसके शर्त क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है नेक्स्ट जब भी क्लास होगी क्योंकि ये जो टर्म्स और कंडीशंस वो शर्त है स्वाम तो तो जो ओनरशिप है ये ओनरशिप पर जो टॉपिक है ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन का है तो ये जो टॉपिक है ये अगली क्लास में इन दोनों टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे आगे जब भी क्लास होगी थैंक्स